हाय गाइज कैसे हो दोस्तों आशा करता हूँ कि ठीक ही होंगे तो फ्रेंड्स मेरा नाम पिंटू कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर पिंटू बाबू ऑफिशियल तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें तो दोस्तों बहुत से लोगों का कॉमेंट आ रहा था कि यूट्यूब पर कैसे वीडियो अपलोड करेंगे तो मेरे वीडियो का व्यूज और रैंकिंग बढ़ेगा तो फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लाया हूं वो भी ट्रिक के साथ जो आपके वीडियोज़ के व्यूज और रैंकिंग को बढ़ाएगा और आपका वीडियोज का व्यूज लाखों करोड़ों में आएगा वीडियोज़ के टाइटल में क्या लगाएंगे और डिस्क्रिप्शन कैसे लगाएंगे और प्लेलिस्ट में कैसे जोड़ेंगे तो मेरे वीडियोज़ का व्यूज रैंकिंग करेगा तो दोस्तों बने रहे अंत तक तो फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं वीडियो की ओर सबसे पहले हम अपना यूट्यूब ओपन कर लेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा जो बीच वाला आइकॉन है इस पर क्लिक करने के बाद अपलोड तो वीडियो पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा तो चलिए दोस्तों हम कोई सा एक वीडियो सेलेक्ट कर लिए हैं नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा इसके बाद होता है टाइटल तो चलिए दोस्तों हम टाइटल लगाते हैं टाइटल क्या होता है कि जिस तरह का हम वीडियो डालते हैं उसके बारे में दो तो चार वर्ड लिखना होता है तो चलिए हम लिख लेते हैं अब लिखने के बाद दोस्तों क्या करेंगे इसके बाद आता है डिस्क्रप्सन तो चलिए दोस्तों हम यहाँ कापी कर लेते हैं कॉपी करने के बाद दोस्तों इसको डिस्क्रप्शन में जाके टेस्ट कर देते हैं और भी डिस्क्रप्शन में कुछ लिख सकते हैं दोस्तों तो चलिए फ्रेंड्स हम डिस्क्रप्शन में कुछ लिख देते हैं अब डिस्क्रप्शन के बाद आता है दोस्तों पब्लिक पब्लिक चलिए कर दिए हैं दोस्तों इसके बाद लोकेशन लोकेशन हमने डाल दिया है लोकेशन डालने के बाद प्ले लिस्ट में हमने जोड़ के नो कर दिए अब दोस्तों अपलोड वीडियो पर क्लिक करने के बाद देखिए मेरा वीडियो अपलोड हो रहा है अब फिर से बैग जाकर दोस्तों वाई स्टूडियो में जाएंगे वाई स्टूडियो में जाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा तो दोस्तों इंटरफेस ओपन होने के बाद एडिट वीडियो पे क्लिक कर देंगे ये एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है चलिए इस पर क्लिक कर देंगे अब क्या होता है दोस्तों ये चलिए ठीक है पब्लिक में इसके बाद दोस्तों टैक्स आता है हमने टैक्स क्या करेंगे दोस्तों टैक्स लगा दिए तो चलिए टैक्स लगाने के बाद दोस्तों क्रिएटिव फोन करेंगे इसके बाद दोस्तों सेव कर देंगे ये देखिए मेरा वीडियो सेव हो गया आप so so so. so, तो भी इस तरह से YouTube पे वीडियो अपलोड कर सकते हैं तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे लिए लिए कोई कोई जगह नहीं नहीं है, तुमसे प्यार करने के मुझे वजह की ज़रूरत भी